परासिया में जैन समाज ने रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि पवित्र तीर्थ सम्मेलित शिखर जी को पर्यटन स्थल ना बनाया जाए जैन समाज ने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए परासिया में जैन समाज ने रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है जैन समाज का कहना है कि पवित्र तीर्थ शिखर जी को पर्यटन स्थल न बनाया जाए क्योंकि पर्यटन स्थल बनने से असामाजिक लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा जिससे आगामी समय में अवैध गतिविधियां बढ़ जाएंगी जैन समाज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पवित्र शिखर जी जैन समाज का तीर्थ स्थल है उसको पर्यटन स्थल बनने से रोका जाए नमन करे उन्हें जिनकी वजह से ये मुकाम आया है और खुश नसीब होते है वे जिनका लहु धर्म के काम आता है मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी किसी का अधिकार नहीं है किसी के धार्मिक क्षेत्र पर और आस्था के केंद्र पर पर्यटन स्थल बनाया जाए और उनकी आस्था और श्रद्धा को ठेस पहुंचाई जाए सरकार से निवेदन है कि वे हमारी आस्था के केंद्र को आस्था का ही बना रहने दें पर्यटन क्षेत्र ना बनाएं जिनके सुंदर नाम से पूर्ण हो सारे काम ऐसे मेरे शाश्वत संबे शिखर को बारम्बार प्रणाम बारम्बरम बार प्रणाम वो खबरें जो आपके काम की है